देहिम सौभाग्य मारोग्यम दे में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही उन्तीस सितम्बर रविवार को शरदीय नवरात्र आरंभ होने जा रहा है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता कैलाश पर्वत से धरती पर अपने मैके आएंगी। माता का आगमन कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जाता है माता का आगमन जहां भक्तों में धार्मिक उत्साह और आनंद लेकर के आता है वही भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का संकेत भी पूर्व में दे देता है यही वजह है कि प्राचीन काल से मां दुर्गा का आगमन और विदाई को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है माता किस वाहन से आएंगी माता किस वाहन से जाएंगी इससे पता चल जाता है कि आने वाला एक साल देश और इस दुनिया के लिए कैसा घटेगा इस बात माता का वाहन गज अर्थात हाथी है माता के इस वाहन पर आने का मतलब है कि यह वर्ष वर्षा के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। देश के कई भागों में बहुत ही अच्छी वर्षा होगी जरूरत से ज्यादा जल का जो है श्राव होगा इससे कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी किसानों की इनकम बढ़ेगी लेकिन जान मान का नुकसान भी होगा राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी युद्ध के हालात बनेंगे बीते साल भी माता का आगमन हाथी पर हुआ था दर्शकों और आप लोग जान सकते हैं कि एयर स्ट्राइक वगैरह भी हो गई थी और तमाम चीजें जो थी युद्ध से रिलेटेड ये कई चीजें हुई थी देखिए देवी भागवत पुराड़ में दर्शकों साफ साफ लिखा हुआ है कि सफी सूर्य गज शनि भाव में तुरंग गुर बुद्धे नौका प्रकर्ति तो देवी भागवत पुराड़ के इस श्लोक में बताया गया है की माता का वाहन क्या होगा और ये जो वाहन होता है ये दिन के अनुसार तय होता है अगर नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार को हो रहा है तो माता का आगमन हाथी पर होगा यदि माता का आगमन शनिवार और मंगलवार को होता है तो उनका वाहन तुरंग अर्थात घोड़ा होता है गुरुवार और शुक्रवार को यदि आगमन होता है तो माता डोली में आती हैं। जबकि बुधवार को यदि जो है नवरात्र का आरंभ होता है तो माता का जो वाहन होता है ये नौका होता है ना होता है इस वर्ष रविवार को नवरात्र का आरंभ हो रहा है और इसी दिन कलश स्थापना या घट स्थापना जिसको कहा जाता है इसी दिन होगा और माता का वाहन हाथी रहेगा इस वर्ष माँ दुर्गा बिना किसी वाहन के जाएंगी। तो जाएंगे इनका नंगे पाव जाना दर्शकों अच्छा नहीं माना गया है यह निराशा और व्याकुलता का सूचक है अर्थव्यवस्था की रफ्तार का मिला जुला प्रभाव ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त लोगों में थोड़ी सी हताशा और चिंता का भाव बढ़ेगा आर्थिक स्थिति कमजोर होगी शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा जन धन का नुकसान होगा लेकिन इसका यह तात्पर्य कतई नहीं है कि आगमन और विदाई अमंगलकारी है अपितु इसका अभिप्राय यह है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाए और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार रखे ज्योतिष शास्त्र यही सिखाता है आपके जीवन में भी यदि कोई परेशानी है कोई निराशा के बादल आपकी परेशानी नहीं जा रही वगैरह नहीं मिल रही तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी से या हमसे आप करवा सकते हैं और आपके शहर में भी आते हैं आप लोग मिल सकते हैं वार्षिक राशिफल भी हमने सभी राशियों का डाल दिया उसमें भी तमाम उपाय बताए हैं वर्ष को शुभ बनाने के लिए तो आप इस वार्षिक राशिफल को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं दर्शकों 29 सितंबर, पहला दिन होता है घट या कहते हैं न प्रथम शैलपुत्री चा, चार द्वितीय ब्रह्मचारणी तृतीय चंद्र घंटे थी कुमांड्य थी चतुर्थकम पंचम स्कंद माते थी सष्टम का सप्तम कालरात्रि चा महागौरी चा, चा अष्टकम नवम सिद्धदात्री का नव दुर्गा है तो देखिए दर्शकों हिंदू धर्म संस्कृत में देवी दुर्गा को आदि शक्ति के भी नाम से जाना जाता है शक्तिदायिनी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए साल के दो पखवाड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं एक चैत्र का नवरात्र और दूसरा शरदीय नवरात्र होता है चैत्र नवरात्र चैत्र माह में मनाया जाता है और शारदीय नवरात्र अश्विन माह में मनाया जाता है दर्शकों पहले दिन पर्वत हिमालय के यहाँ माँ जो है दुर्गा का जो है शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के के कारण माता के इस रूप का नाम शैलपुत्री शैलपुत्री पड़ा शैल को वाइट कलर सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है आप पहले दिन नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को गाय का घी सफेद मिठाई खोए से बनी हुई कोई चीज दूध से की बर्फी या अन्य अर्पित आप कर सकते हैं सफेद अन्न खास करके खीर वगैरह बना करके वही 30 सितंबर को द्वितीय तिथि पड़ेगी दूसरा दिन रहेगा नवरात्रि का तो माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारणी का है माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप त्याग बैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है इस दिन माता को शक्कर अर्पित करें और शक्कर से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं और इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को दें मान्यता है कि इस प्रसाद के खाने से आयु में वृद्धि होती है आपकी उम्र लंबी होती है वहीं एक अक्टूबर को तृतीया तिथि रहेगी तीसरा दिन रहता है इस दिन तो इस दिन माँ दुर्गा जी के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है इस दिन माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई अथवा खीर का भोग भी लगाते हैं मां चंद्र की उपासना करने से इंसान को समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है वही 2 अक्टूबर को चतुर्थी नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा माता के इस स्वरूप के पूजन से सुख समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाए और आप लोग इसको अपने घर परिवार के साथ साथ ब्राह्मणों को भी जरूर खिलाए मान्यता है की ऐसा करने से आपके बुद्धि विकास के, के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मा स्कंद माता को यदि आप केले का भोग अर्पित करते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है आपका शरीर स्वस्थ रहता है कोई रोग बीमारी आपके आस पास भी नहीं मच जाती है वही चार अक्टूबर षठी दिन रहेगा छठा दिन नवरात्रि का रहेगा तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है माँ कात्यायनी की उपासना आपके अंदर आकर्षक शक्ति बढ़ाती है माँ कात्यायनी को शहद और लौकी का भोग लगाना इस दिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है वहीं पाँच अक्टूबर को नवरात्रि की सप्तमी रहेगी सातवा दिन रहेगा माता का जो ये स्वरूप रहता है बहुत ही भयानक रहता है माँ कालरात्रि के पूजन से दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं माँ कालरात्रि को गुड़ से बने नैवेद्य का इस दिन भोग लगाना चाहिए जिससे आपके जो शत्रु होंगे वो भी आपके मित्रवत्त व्यवहार करेंगे वही 6 अक्टूबर को अष्टमी नवरात्रि का आठवां दिन रहता है माँ दुर्गा का आठवां रूप महागौरी का है नवरात्रि के आठवें दिन माता के इस रूप की उपासना की जाती है मान्यता है कि महागौरी की पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं महागौरी को दर्शकों देखिए नारियल का भोग लगाया जाता है यदि आपने भी अपने जीवन में किसी का दिल दुखाया है बहुत ही ज्यादा आपने लोगों को रुलाया है अन्याय किया है तो कोशिश कीजिएगा कि अब प्राश्चित करिए सत्कर्म पर आइए और नवरात्रि जो नौ दिनों का ये त्यौहार चलता है इसमें प्राश्चित करिए अपने आपको मौन रखिए शांत रखिए आप अपने पास्ट को याद करिए कि आपने क्या क्या गलती की है आप उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं दर्शकों सात अक्टूबर को नवमी रहेगी नवा दिन रहेगा नवमी वाले दिन हवन भी किया जाता है और नवरात्रि के पारण का भी विधान है नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धि का पूजन किया जाता है इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इस दिन मां को तिल से बनी हुई कोई वस्तु यदि आप अर्पित करते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है वही आठ अक्टूबर दशमी जी हाँ जिन लोगों ने माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की है विधि विधान से माता का जो है पूजन किया है तो विसर्जन भी होगा तो विजय विजयदशमी के दिन जो है दशहरा भी मनाया जाता है और इसी दिन माँ का विसर्जन होगा आप लोग माता का विसर्जन करिएगा और ऐसा भाव रखिएगा कि जैसे आपके घर से कोई कन्या विदा हो रही है दर्शकों यदि आप ये चीज़ें जो है संयुक्त रूप से करते हैं शतक करते हैं नवरात्रि में नौ दिन का व्रत रहते हैं तो यकीन मानिए पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा नवरात्रि के कुछ प्रयोग अब हम आपको बता देते हैं दर्शकों बार बार यदि धन से संबंधित कोई आपको परेशानी आ रही है तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप लोग एक रेशम के लाल वस्त्र में कपूर थोड़ा सा बांध लीजिएगा कपूर के साथ साथ जो है आप सात इलायची रखिएगा एक टिकिया कपूर सात इलायची और सात फूलदार लॉन्ग रखिएगा उस लाल कपड़े को बांध के धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा पूरे वर्ष माता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी किसी योग कर्म कांडी ब्राह्मण से अपने घर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती अवश्य कराइए आपको खुद दुर्गा सप्तती के किलक कवच अर्गिला और सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ नियमित रूप से करना रहेगा और दुर्गा जी के बत्तीस नाम तो आपके जुबान पर डटे होने चाहिए तो ये सब जो प्रयोग है दर्शकों इसको आप लोग कर सकते इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली कब विश्लेषण करवा के माँ दुर्गा के किस रूप की पूजन करें माँ दुर्गा का कौन सा मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा इसको भी जान सकते हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ना भूलिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर हमारा ये प्रोग्राम नवरात्रि से संबंधित कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए बड़ी परिश्रम से वीडियो बना है तो इस वीडियो को कृपा करके आप लोग लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए और सेटिंग में जा करके सीफर्ष करिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक की पहुंच सके दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय माँ दुर्गे